नमस्कार दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर विजय है और जो पिछले साल मई 2020 में शहीद अमित राना दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल जो कोरोना योद्धा थे उनको समय पर इलाज नहीं मिला था और उनको अस्पताल ले जाते हुए वहां पर उन्हें डेड घोषित किया गया था तो दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने उन्हें एक करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई की थी तो अभी मुझे उसके बारे में पता चला कि उनके परिवार तक अभी तक वह राशि नहीं पहुंची है जो और दूसरे परिवार हैं जो दिल्ली सरकार ने एक लिस्ट जारी की है पंद्रह लोगों तक जो है मुख्यमंत्री जी जाते हैं और एक करोड़ रुपए दे आते हैं सोचिए उस परिवार के ऊपर क्या गुजरती होगी कि जिन्होंने अपने जवान जो है बेटा खोया है जवान पति खोया है उन, उन तक अभी तक जो है ये मदद नहीं पहुंची है उनका एक बेटा है जो चार साल का है और उनकी एक चार महीने की बेटी है जब वो एक्सपायर हुए थे तो उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो आप सोचिए कि वो परिवार अपना गुजारा कैसे कर रहा है क्या हम सबका ये फर्ज नहीं बनता कि हम दिल्ली सरकार को उसका वादा याद दिलाए किसी भी पार्टी से आप हैं किसी भी आप इंसानियत होने के इंसान इन्षा, इंसान होने के नाते इंसानियत के नाते क्या आपका हक आपका जो फर्ज नहीं बनता कि आप उस परिवार के साथ खड़े हो वो अकेली शहीद की पत्नी कहाँ तक लड़ेगी ये जानते हैं इसीलिए उन्हें फाइलों में इतनी मोटी फाइल उन्होंने बना रखी है कि वो कोविड ड्यूटी में नहीं थे ये जो रोज लॉकडाउन की घोषणा कर देते हैं इस लॉकडाउन को सफल पूर्ण बनाता है ये जो कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं इसको सफल कौन बनाता है ये हॉस्पिटल से ज्यादा ये बीमारी दिल्ली पुलिस जो है जो पुलिस के ऑफिशल्स हैं वो डॉक्टरों से ज्यादा इसमें फ्रंट लाइन में उससे पहले वो खड़े रहते हैं तो आप सब जो है उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए आगे आए प्लीज